शारद की मेरे और आपके चैनल में आया आज हम पढ़ाई की बाहर क्या मोस्ट है निज़े कौनसा सिंबल है जो एक्सटेंशन उनके बारे में ग्राफिक्स तो दिखाता है कि जल्दी स्टार्ट करते पहला कुछ नहीं कि कंपाइलर हमारे क्या होता है तो दो दो अगर आप मेरे चैनल में तो इसे सब्सक्राइब करें और आप किसी ऐसे पोजीशन में लगान कर रहे जिसमें कि कंप्यूटर और मेरे चैनल कंपाइलर कंपाइलर क्या होता है कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल है को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है जिससे कंप्यूटर सके Language, ये था था। आ, आपको था, तो, है, ये जो है, है। आपको ये ये ये देखिए हमने किया सोर्स कोड है मेन आपको ये मेन हाई लांग्वेज 0, 1, 0, 1, जो फॉर्मेट कंप्यूटर करता है, मशिन, तो है दो चीज उसको पता होता है जीरो लैंग्वेज जिसमेंट करता है और ऋण और के एरर के चांसिंग होता है वो काफी तेज होता है हम बाय के लिए थोड़ा प्रोग्राम करते हैं उसके बाद एंड में बताते हैं कि पी पैनल कहां पे अह रेंडरर जो तरह से का क्लोजर होता है रेंडरर पर वो स्लो होते हैं तो इनको ट्रांसफर करने की जरूरत से बहुतता ये हमें कौन करते हैं ये एक, एक स्टेटमेंट के रिकॉर्ड को ट्रांसलेट करते हैं जिससे निगरानी डेटा को मैनेज करते हैं इससे तो इनकी स्पीड बहुत slow हो जाती है जो हमें कमांड आ रहे हैं वो इंटरप्ट करने के लिए अच्छा और से बच जाते हैं मतलब तो कंपाइलर ऐसे प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और ये पूरे प्रोग्राम को करते हैं और फिर एक साथ पूरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं तबकि तो इंटरप्रेटर है वो, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है लेकिन ये एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ता है और फिर उसमें हिंदी लैंग्वेज में एक्सक्लूट करता है कंपाइलर होते हैं उन एर की जो लिप्टिंग लैंग के जो नंबर होते हैं वो एक साथ ही आते हैं प्रोग्राम के आखिरी और ये प्रत्येक हर लाइन में एयर बढ़ाता है करने तो के हर लाइन को एक एक करके पढ़ना तो है ये होते हैं इनकी जो है, प्रोग्राम की जाती है वो अलग ही होते इनकी कोडिंग वो अलग ही होती है लेकिन अच्छी होती है कंपाइलर काफ़ी अच्छा होता है इंटरप्रा इंटरप्रा उनके प्रोग्राम बहुत होती है इसी लोग प्रोग्राम होते हैं क्या है कि तो, फॉर्म बगैर ये जो हमारा प्रोग्राम बगैर है जैसे कि हम लोग अपनी प्रोग्राम करते हैं जो होता है प्रोग्राम ये में में फिर है, है, जाता कर रहा। और उस पे पावर कटेट हो गया तीज चली गई तो उसमें जो डेटर है वो शोर रहता है जैसा तो रहे हैं। मैंने जब तक काम कर ला तरफ जहाँ आपने शर्टर बिजली कटी होगी पावर कटे हो गई डिलेटर फॉर्मवेयर जो होते हैं और लो लेवल इनपुट और आउटपुट को स्टोर करते हैं जब हमारे फॉर्मवेयर है इधर ही होता है जो किसी भी कंप्यूटर जो हार्ड डिवाइस होती है हार्ड डिवाइस की जो रोम भर मतलब संग्रहित होता है शुरू होता है जो उस डिवाइस को कैसे काम करना है ये प्रदान करता है, ये बताता है कि इस डिवाइस इस डिवाइस को कैसे काम करना है ये डिटेक्ट करता है लैब वेयर क्या होता है लैब वेयर का मतलब है कि बहुत सारे लोग यूजर्स जो कंप्यूटर यूज करते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को करने के लिए कार्य करता है, है। वो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तो को नियंत्रित करता है कि उन्हें कार्य कैसे कराया जाए कोई हंडल करने के लिए काम आता है लाइववेयर लाइववेयर तो प्रोग्राम होते हैं हमारा इंजीनियर हो गए ऑपरेटर हो गए विंडोज का यूज़ करते हैं सिस्टम का यूज़ करते हैं लाइव करते हैं, लाइबे क्रिएटिव प्रोग्राम हो गए अधिकारी हो गए या विंडो आमतौर पर हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर हमारे प्रणाली का वर्णन करने के लिए एक शब्द है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विपरीत है हम लोग हैं, है कि हम लोग हैं है लाइबवेयर तो में आप लोगों को हम लोग हैं जो लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोग्रामर है, हो, है हो सकता है कोई टीचर हो सकता है या इंजीनियर हो सकता है कोई ऑपरेटर हो सकता है जो कंप्यूटर के रिसोर्सेस का यूज कर रहा हो और लाइव अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्क डी फ्रेगमेंटर और डिस्क क्लीनअप किया है डिस्क डी फ्रेगमेंटर है वो हमारे हार्डवेयर के जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत होता है, है। करता है लिखे होते हैं कंप्यूटर हार्ड डिस्क में जो विभाजित फाइल्स और कंप्यूटर को हटाया करता है नॉर्मल नया नए दूसरे लैपटॉप लेते हैं पीसी लगता है डर स्ट्रॉ होता है तो उसको देखते हैं कि सी ड्राइव में और विंडो है आप डी में और ई में लोग स्टोरेज करेंगे तो ये जो फाइल वाला पार्टीशन होता है तो उसके प्रत्येक फाइल को एक सिंगल और सही जगह मिल सके विंडोज के लिए हमने सी ड्राइव को चुन लिया बाकी के लिए मान लो आगे आने के लिए डी ड्राइव करेंगे और डीवी ड्राइव में पढ़ना जरूर आपका सिस्टम जो है फाइल्स और फोल्डर्स को बहुत आसानी से एक्सरसा सकता है इसी मदद से और नई फाइलों को सेव करने के लिए सही जगह मिल जाती है तो ये काम जो है पार्टीशन का और कार्य करता है फाइल्स ऑफ होल्डर्स को घटा करने से एक डिस्क्रीपेंट पैरामीटर वॉल्यूम को खाली जगह को भी भरने काटा रख के कई नई फाइल्स का विभाजन इसके लिए जमीन कम हो जाता है कि फाइलों को भी कहीं तरह से विभाजित तो कर रहा हो दिए और टुकड़ों में उनको स्टार्ट करता है ये जो सी डी सिस्टम का अगर डिस्क है और डिस्क क्लिनर क्या है वो डिस्क इसका यूज जो था अपनी भी उसको खाली करने के लिए कर सकते हैं इसका वर्क क्लीनर जैसे मेरे फोन में होता है कैच क्लिनर हो गया एन डी वायरस स्कैनर या उसी तरह से होता है डिस्क क्लिन का प्रयोग जो है आप अपनी हार्ड डिस्क को हार्ड में जगह हो गया हार्ड में जगह को खाली करने के लिए कर सकते हैं और इससे आप जो आज इंटरनेट अवेल आती है जैसे कैसे हो जाती है वहां से सिस्टम के इतनी जरूरी नहीं आती है और किए गए कंपोनेंट और और प्रोग्राम से नहीं कर रहे, तो उसे भी जा सकता है, और इसके साथ साथ भी है, है, साथ-साथ जो भी खाली है। डिस्क क्लीनर आपकी हार्ड डिस्क को खाली करने के लिए काफी मदद करता है और ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव आ गए कैशी आ गई है वायर प्रोग जो ऐसे प्रोग्राम हैं जिनकी तो जरूरत आपको है नहीं उन्होंने डिलीट करने के लिए शुरू करता है उन्हें दिखाता है और आप इनमें से सभी कुछ या कुछ सभी को या कुछ को क्लीनर रखने का डिस्क क्लिनर को निर्देश दे सकते हैं निर्देश दे सकते हैं फ्रमान दे, दे सकते हैं कि मैं ये प्रोग्राम लीजिए जिसे हम कर सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रिंटर में डॉटर आजकल क्या है इसके कितने भाग होते हैं क्या है? ये कुछ ये डॉट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्रिंटर। कोई भी दो प्रिंटर देगी उनका आपको करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है डॉट मैट्रिक्स और लेजर प्रिंटर वही जो छोटा होते हैं वो जबकि मतलब चलते रहिए जो उनकी होती है उसमें जब चलता है चटर, ऐसे वही होता है आपने तो जो इंप होती है कॉलम तो होगा वो ई पर पकड़ेगा और फिर वो आपके पेपर पर पे आवाज़ बहुत रहते हैं सस्ते होते हैं लेकिन आवाज बहुत रखते हैं इसीलिए अपोजिट रेपेंटेड होता है उसमें तो आवाज़ नहीं आती है कौन सा तरह होता है ये आया बोलिया ये, ये। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉनिका और धीमे सस्ता आता है लेकिन? आज है है बहुत नॉन इंपैक्ट इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटर प्रिंटर होते हैं हैं हैं हमारे लेज़र में डॉट मैट्रिक्स जो है का और ये प्रिंटर है पेपर पर कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए प्रिंट हेड का से पेपर पर और प्रिंट होता है उसका हैं है। बहुत सारे इंतजीज में लगे होते हैं ए बी सी जैसे वो भी इसी कल में होता है ऐसे ही होता है डॉट वो है। है। करते हैं। लेकिन होती होती। है, ज़्यादा धीमे आवाज भी आती है बिल्कुल आती है का सबसे बेस्ट आपने पेपर लगा दिया कमांड कमांडर से और प्रिंट हो गया आगे अच्छे होते हैं इनकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी आती है और ये तेज भर भी करते हैं ये डिफरेंस डॉमेट्रीडर से और रिज़र बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिए जरूर लीजिएगा और हमारे चैनल नए पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल नहीं आया तो उसको आकर साथ जरूरी है प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सब फ्री होता है लोगों के लिए कौन सा माउस अगर माउस से आप नहीं कर सकते हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या मैं कड़ जर उठा देना या मैं किसी चीज को उठाना ये नहीं कर सकते ड्राइंग कर सकते हैं कि हमने इसको डबल क्लिक करके ड्राई करके रख लिया ड्राइंग कर सकते हैं डबल क्लिक किसी सॉफ्टवेयर को खोलना है ये मान लीजिए डबल क्लिक करा डबल भी कर सकते हैं ड्रा करना यहाँ से उठा के यहां से उठा के और कर सकते हैं। प्लेटिंग, प्लेटिंग, प्लेटिंग, के लिए ही। तो होता है तो हम इनमें से क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं है लिंक कर सकते, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम लोग कौन सा माउस से नहीं कर सकते वीडियो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इनमें से, से जो है वो एक सिस्टम है कौन सा ऐसा सिस्टम है मैं अगर चलाऊ तो ये उम्मीद कर सकता हूँ कि इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पर दीजिए कि इनमें से जो विंडोज है विन्णोस का कौन सा है सिस्टम नोटपैड सिस्टम विंडोज का डिस्क फ्रेगमेंट है या डिस्क फ्रेगमेंट है या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जवाब आप लोग डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दीजिएगा फाइल एक्सटेंशन केवल ग्राफिक्स फाइल को शुरू करता है BMP करता है, पी टेक्स्ट करता है टेक्स्ट लेकर करता है या BMP ग्राफ़ करता है। आ रहा बी एम पी और जी आई एफ बी एम पी यानी ब्रता है सिस्टम का तो काम क्या होता है प्रोसेसर को करता करता है? मेमोरी किस चीज का करता है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन सभी, सभी को मैनेजमेंट करता है मैनेज करता है कॉन्फ्रॉन से ऑपरेटिंग सिस्टम है सारी कॉन्फ्रॉन से डिवाइस है क्या प्रोसेस मैनेजमेंट है उसका कितनी रैमोरी है कितनी स्टोरेज है कितनी बची है कितनी खाली है ये सब सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कोई नहीं के और हाँ हमारे चैनल पर नए हैं और कंप्यूटर के बारे में डेली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और को सेट हमारे द्वारा डेली की हर नोटिफिकेशन तक पहले पहुँचे, सब धंस उधर पहुँचे